आज मैंने लिया अपने रेड क्रिमिनल भाई की आईडी और इस आईडी के साथ भी मैं प्रैंक तो करूंगा लेकिन न्यू प्रैंक नहीं प्रो प्रैंक एंड रेड क्रिमिनल भाई वो नोबड़ो, अभी नोबड़ो का भी कोई रेड क्रिमिनल वाला अपने ग्रुप में देखा है अभी तो हम क्या करें भाई जब तेरे पास रेड क्रिमिनल है तो भाई स्क्रीन वगैरह नहीं लोगे बिग फैन नहीं बोलोगे भी तेरे ऐसी अच्छे कपड़े तो हमारे मुझे तो लग रहा है कि इनके पास सीजन वन टू है और यहाँ पे मेरे साथ ही प्रैंक होने वाला है बोल हम दिखाएं क्या बंडल बोलना। हाँ, दिखाओ सच में अच्छे बंडल से तुम्हारे पास ये देख हमारे बंडल चल बेनोड़े तुम लोग तो सचमुच के के हो यार अभी यूट्यूबर की हम लोगो को नूब बोल के तुम वीडियोज बनाते हो ए, हम लोगों को नूब बोल के तुम लोग बनाते हो और हम लोग सिर्फ फ्री बंडल सिखाते हैं और तुम्हारी झंड करके चले जाते हैं